महासमुंद साराढ़ी रोड पर ऑयल कंपनी के मैनेजर संजीव तिवारी से चार मोटरसाइकिल सवार लोगों ने 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए जिसके बाद महासमुंद सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज की गई जानकारी के मुताबिक संजीव तिवारी रविवार रात लगभग नौ बजे अपने परफेक्ट हर्बल ऑयल कंपनी से एक बैग में दस लाख रुपये लेकर अपने निवास त्रिमूर्ति कॉलोनी आ रहे थे जैसे ही संजीव महासमुंद के साराडी मोड़ पर पहुंचे पीछे से दो मोटरसाइकिल में सवार चार लोगों ने संजीव तिवारी को ओवरटेक कर गिरा दिया और बैग लेकर मौके से फरार हो गए जिसमें 10 लाख रुपए रखा हुआ था रात मैं पर निकला था कुछ था मेरे पास जो कि रास्ते में मेरे को चार, चार लोग आए थे मारुति शोरूम और इसके जो पड़ता है, उसके बीच में मेरे मेरे से गिरा के मेरे को घटना के बाद संजीव ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई पुलिस मामले में शहर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी जल्द पकड़े जा सके क्षेत्र महासमुंद कोतवाली में कल रात्रि सूचना में मिली थी कि बिरकोनी में संचालित एक परफेक्ट हर्बल ऑयल फैक्ट्री है जिसके कि जो वहां पर कार्यभार देखते हैं संजीव तिवारी उनके द्वारा यह सूचना दी गई है कि वो वहां से फैक्ट्री से वापस अपने घर त्रिमूर्ति कॉलोनी आ रहे थे बाइक में जहां पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा जो है स्प्रे उनके साथ जो है उनका वो गिराया गया है और उनका जो बैग है पैसे का उसको लेकर वो भाग गए हैं संबंध में जो है जानकारी मिलने पर तत्काल हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है घटनाक्रम की घटना स्थल की जहां वो काम करते थे और जिस रास्ते से आ रहे हैं और जहां से आरोपियों को आना जाना और भागना बताया जा रहा है उन सभी पहलुओं पर हमारी टीम लगातार लगी हुई है और इस उक्त शिकायत की जांच करते हुए इसमें अग्रिम विधि सम्मत कारवाई करेंगे रिपोर्ट यूनिक ट्वेंटी न्यूज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को क्लिक करके हमारी